वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ आर आर आर रवि एंड यू आर वॉचिंग माई YouTube चैनल आर आर आर रवि दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर आर आर रवि में दोस्तों आज हम बात करेंगे पतंजलि के दिव्य कुल्या मिश्रण भस्म के बारे में जी हाँ दोस्तों आज इस कुल्या मिश्रण भस्म के मैं आपको लगभग सभी फायदे इस वीडियो में बताने वाला हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है अगर आपको किसी भी प्रकार से मानसिक समस्या है हड्डियों से संबंधित कोई समस्या है हालांकि इसके कई फायदे हैं मैं इस वीडियो में भी सारे फायदे बताऊँगा दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको कोल्या मिशन भस्म चाहिए या अगर आपको कोई भी दवाई चाहिए या आप आपकी किसी बीमारी को लेकर मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर है इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को सेव कर लीजिए ताकि आगे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग और हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहे क्वेश्चन रहे कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट कर दीजिएगा मैं अभी दो से तीन घंटे में आपके कमेंट का आंसर दे दूंगा आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों इसके ऊपर लिखा हुआ है दिव्य कुल्या मिश्रण कुल्या भस्म मिश्रण ठीक है तो देखिए यहाँ पे दिव्य लिखा है तो आप यहाँ पे कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा कि सर आप पतंजलि की भस्म की बात बता रहे हो और यहाँ पे दिव्य की भस्म बता रहे हो तो मैं आपको बता दू जो पतंजलि की दवाइयाँ बनती है वो दिव्य फार्मेसी में बनती है और जो पतंजलि के एफ प्रोडक्ट्स होते हैं खाने पीने का सामान वो पतंजलि फार्मेसी में बनता है तो ये दवाई ही इसलिए दिव्य फार्मेसी में बनी है दिव्य कुल्ल्या मिश्रण भस्म अब देखिए मिश्रण भस्म मिश्रण का मतलब क्या है यहाँ पे ठीक है मिश्रण का मतलब ये है आमतौर पे जो भस्में होती है वो पर्टिकुलर सिंगल भस्म होती है ज, जैसे रजत भस्म चांदी भस्म तो चांदी भस्म में केवल चांदी होती है है ना रजत भस्म में केवल रजत होता है ठीक है और मतलब ऐसे अलग अलग अलग अलग जो है आ, भस्में जो होती है उसमें वही चीज होती है लेकिन ये बहुत सारी भस्मों से मिलकर एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है एक मिश्रण बना हुआ है इसलिए इसका नाम है कुल्या मिश्रण भस्म इधर लिखा हुआ है आयुर्वेदिक प्रोपाइटरी मेडिसिन ठीक है ये आयुर्वेदिक प्रोपाइटरी मेडिसिन है मतलब ये दवाई है और दवाई को मन से बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर आप दवाई को मन से लेते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ इसके साइड इफेक्ट देखने को मिले और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये मैं जो भी इसमें बीमारी के बताऊंगा या जो भी इसके फ़ायदे बताऊंगा अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी है तो इसको अकेले नहीं लेना है इसको प्रॉपर गाइडेंस प्रोपर, प्रोपर कंसल्टेसन और प्रॉपर डोजेस के साथ में लेना है ठीक है मतलब इसको अकेले नहीं लिया जाता है इसको आपकी क्या बीमारी है उसके अकॉर्डिंग आपके डोजेस बनते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी दवाई तैयार होती है उसके अंदर ये मिलाई जाती है कितने ग्राम में है क्या है वो आपकी बीमारी पर डिपेंड करता है तो ऐसी कंडीशन में आप मेरी कंसल्टेशन ले सकते हैं आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं फोन लगा के पर्सनल पर्सनलियन ठीक है अब देखिए यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई है डोज में एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन ठीक है मतलब चिकित्सक की देखरेख में ही से लेना है मन से नहीं लेना है इंडिकेशन मतलब क्या क्या काम आती है यूजफुल इन एपिलेप्सी हिस्टेरिया एंड अदर नर्व डिजॉर्डर्स ठीक है हालांकि अभी मैं आपको इसके पूरे फायदे बताऊंगा. इसमें जितना लिखा है बस उतना मैंने आपको बता दिया कम्पोजिशन इसमें क्या क्या मिला हुआ है कपर्धक भस्म मुक्ताशुक्ति भस्म गोदंती हड़ताल भस्म प्रवाल पिष्टि और रजत भस्म देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कई भस्मों से मिल बनी हुई है तो इसमें इतनी जो है भस्में वो मिली हुई है पीछे की साइड अगर हम इसमें देखते हैं तो ये अस्सी रुपये की आती है दस ग्राम ठीक है और पीछे भी वही लिखा है आयुर्वेदिक प्रोपाटरी मेडिसिन बाकी ये पतंजलि की जो देवी फार्मेसी है इसमें बना हुआ है पूरा लिखा हुआ है इसमें अभी दोस्तों इसके बारे में मैं आपको सारे फ़ायदे डिटेल में बता रहा हूँ लेकिन अगर आपकी कोई बीमारी है जो मैं इसमें नहीं बता पाऊँ तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा मैं आपका कमेंट का दो से तीन घंटे में आंसर दे दूँगा और अगर आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं इलाज करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको कोई भी दवाई चाहिए तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं देखिए दोस्तों ये जो मिश्रण भस्म होती है ये कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता चाहे उम्र कुछ भी हो लेकिन कैल्शियम की कमी है तो इस कुल् मिश्रण भस्म को आप बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों अगर आपको नर्वस सिस्टम तंत्री का तंत्र की अगर कोई भी समस्या है किसी भी प्रकार की अगर समस्या है नर्वस सिस्टम की तो ऐसी स्थिति में कुल्ला भस्म का प्रयोग करेंगे तो नर्वस सिस्टम के सभी रोग दूर होते हैं अगर आपको मस्तिष्क की कोई भी बीमारी है मतलब दिमाग की कोई बीमारी है चाहे बीमारी कोई भी हो छोटी बीमारी हो बड़ी बीमारी हो किसी भी प्रकार की अगर दिमाग की बीमारी है तो उसमें आप इसका प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं जिन लोगों को दिमाग की कमजोरी है वीकनेस ऑफ ब्रेन है ना दिमाग की कमजोरी है कमजोर दिमाग वाले जो बच्चे हैं बड़े हैं वो इसका सेवन बिल्कुल कर सकते हैं जिन लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं तो मिर्गी के दौरे या एपिलेप्सी के दौरे में आप इसका सेवन अगर करते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है जिन लोगों को तनाव रहता है डिप्रेशन रहता है एनजाइटी रहती है तो ऐसे लोग अगर इसका सेवन करते हैं कंप्लीट डोज के साथ में तो आप देखेंगे कि आपकी जो डेली रूटीन का भी तनाव डिप्रेशन एंगजाइटी है उसमें आपको काफ़ी हद तक जो है राहत देखने को मिलती है ये आपके दिमाग को मजबूत करता है देखिए बहुत से लोगों का क्या है दिमाग क्या होता है काम नहीं करता है ठीक है मतलब दिमाग कहते हैं ना कमजोर हो जाता है या काम नहीं करता है ठीक है वो दिमाग को यह मजबूत करता है जिन बच्चों की या जिन बड़ों की स्मरण शक्ति या फिर हम बोल सकते हैं याद करने की क्षमता ठीक है कमजोर है जो कोई चीज को याद नहीं रख पाते हैं या याद नहीं होता है ऐसी कंडीशन में आप इसका उपयोग करेंगे तो आपकी स्मरण शक्ति मेमोरी पावर है ना यानी याद करने की जो क्षमता है वो बढ़ने लगती है जिन लोगों में सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते सोच नहीं पाते उनको समझ नहीं आता है कि क्या करना है क्या करें किस मतलब कोई आप डिसीजन लेने नहीं ले पाते मतलब जो डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी वो कैपेसिटी आप लोगों की अगर खत्म हो गई है सोचने समझने की क्षमता अगर खत्म हो गई है तो सोचने समझने की शक्ति को ये मजबूत करता है जैसा दोस्तों मैंने बताया कि ये कैल्शियम का बहुत अच्छा जो है सोर्स है इसमें बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है तो कैल्शियम होने के कारण ये आपकी जो हड्डियों से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम होती है, जैसे ऑस्ट्रोफोरोसिस हो गया अर्थराइटिस हो गया है ना या हड्डियां जिनकी कमजोर है हड्डियाँ भूर हो गई है हड्डियों में दर्द रहता है मतलब ओवरऑल हड्डी से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या है तो उसमें आप कुल्ला मिश्रण भस्म का उपयोग कर सकते हैं जिन लोगों के दांत कमज़ोर हैं, दांतों की प्रॉब्लम है दांत कमज़ोर हैं, तो ऐसे लोग अगर इसका सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो दांतों की समस्या है वो दांत की समस्या आपकी खत्म हो जाती है दांत आपके मजबूत हो जाते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी दांतों की चमक खत्म हो जाती है ठीक है तो जो दांतों की शाइनिंग जो होती है दांतों की जो चमक होती है वो चमक को बढ़ाता है दांतों की चमक को बरकरार रखता है जिन लोगों को हिस्टेरिया बीमारी है ठीक है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है हिस्टीरिया एक बीमारी होती है दोस्तों उसमें काफी अच्छा ये काम करता है हालाँकि देखिए दोस्तों कुल्ला मिश्रण भस्म जो है इसके कई फायदे हैं मैं सारे फायदे इस वीडियो में नहीं बता सकता ठीक है क्योंकि मैं कितने बताऊं इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं लगभग मैंने आपको शायद 14 पंद्रह फायदे तो बता ही दिए होंगे ठीक है तो इसके काफ़ी हद तक बहुत सारे फायदे हैं लेकिन देखिए इस वीडियो में मैंने जो भी आपको फायदे बताए हैं मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी है या आपको और भी कोई बीमारी है ठीक है तो कुल्या मिश्रण को अकेले नहीं लेना है इसके लिए मैं आपका कंसल्टेशन करूँगा आपकी बॉडी प्रॉब्लम बॉडी हारमोन्स बॉडी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी बीमारी को समझूंगा क्या है और आपकी बीमारी को समझने के बाद में मैं फिर आपको बताऊंगा कि कुल्ला मिशन भस्में कि आपको ज़रूरत भी है या नहीं है ज़रूरत है तो कितने ग्राम की ज़रूरत है कैसे लेना चाहिए सारी चीज़ें मैं आपको जो है बताऊँगा तो इसके लिए आप मेरा कंसल्टेशन ले लीजिएगा स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा मैं आपको फोन लगा के पर्सनल कंसल्टेशन प्रोवाइड करवा दूंगा आपकी जो कंसल्टेशन होगा एक घंटे डेढ़ घंटे दो घंटे तीन घंटे चल सकता है मतलब समय की कोई सीमा नहीं जब तक आपकी बीमारी का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब तक आपका ट्रीटमेंट अपन करते रहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपको ये कुल्या मिशन भस्म चाहिए या कोई भी दवाई चाहिए मेधावटी चाहिए सारा स्वतारिष्ट चाहिए न्यूरो ग्रिड चाहिए मेमोरी ग्रिड चाहिए कोई भी अगर आपको दवाई चाहिए मधुनाशनी चाहिए किसी भी बीमारी को लेके अगर आपको कोई भी दवाई चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कुरियर के द्वारा मैं आपको जो भी दवाई चाहिए वो मैं आपको पहुँचा दूँगा दोस्तों इस वीडियो को हर बार की तरह प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल आर आर, आर रवि को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेलाइको दबा के ओन नोटिफिकेशन को सेव कर लीजिए क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ठीक है और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी इस वीडियो को अपने व्हाट्सअप और फेसबुक के स्टेटस पर केवल एक दिन के लिए लगाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कुल एडमिशन बस्म के फायदे मिल सकें आशा करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी और भी कोई डाउट रहे तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम